बेस्टी के लिए सारी हो जाए बेस्टी के लिए हाँ भैया की बदली नहीं तू जरा से भी अभी भी तू वही है बदली नहीं तू जरा से भी अभी भी तू वही है और किसने कहा तेरी सकल लोमड़ी से मिलती है? जिसने भी कहा है पर कहा सही है। <laughs> <भी या। laughs> हो जाए हाँ भैया जब से देखा है तुमको आँखें तब से सोई नहीं है वाह वाह जब से देखा है तुमको आंखे तब से सोई नहीं है और हमको प्यार सिर्फ तुमसे है हम पे भी मरने वाले कोई नहीं है जब लोग रहते हैं यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार ये यार। छोटे स्कूल स्कूल स्कूल बंक बंक पे पे हो हो जाए। अच्छा पे कि जाना तो हम लेट से निकलते हैं। स्कूल जाना हो तो हम लेट से निकलते हैं और खॉफ इतना है ना हम स्कूल बंक नहीं करते हैं सबके सामने गेट ऐसी निकलते हैं सारी सारी हो जाए हाँ भैया माना था पर ध्यान तूने ज में दिया था क्या माना था पर ध्यान तूने में दिया था क्या भैया भाभी कॉल है कॉल भैया हेलो क्या तुम्हें आईफोन चाहिए तेरे बाप ने दहेज में दिया था क्या कोई बात नहीं हम तो चुती है दो साहब कि जो तुझे नहीं आता हम तुझे सिखा देंगे क्या वा? वा कि जो तुझे नहीं आता हम तुझे सिखा देंगे वाह कि जो तुझे नहीं आता हम तुझे सिखा देंगे कि जो तुझे नहीं आता हम तुझे तू ये वाला क्रस के लिए की कर लो हमें इग्नोर हम जरा भी ना क्राई करेंगे कर लो हमें इग्नोर हम जरा भी ना क्राई करेंगे और जब भी मेरी क्रस मुझे रिप्लाई नहीं करती तो मेरा दिल यही कहता है कोई बात नहीं हम तो अच्छी है दोबारा ट्राई करेंगे क्रश क्रश को को पटाने पटाने के लिए कि पटाने के लिए हो हाँ जाए। दिल में एक जुनून है और मन में है विश्वास दिल में एक जुनून है और मन में है विश्वास और तुम मेरे होके रहोगे मैं कितना भी कोशिश कर लो नहीं डालेगी घास कौन देती कोई बात नहीं हम तो चुती हैं। दोस्त